हमारे फ्री फायर में एक ऐसी भी गाने जिसकी सबसे ज्यादा गन स्क्रीन मौजूद है एंड आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे की कौन सी गाने तो वीडियो को पूरी देखना आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा बट उससे पहले अगर आप अपनी फ्री से प्यार कर दे प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यूँकी एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है